ग्वालियर में गोल साड़ी टूर्नामेंट में महिलाओं ने फुटबॉल खेलकर अपना हुनर दिखाया मैदान में 20 साल की भाभी से लेकर 70 साल तक की दादी ने जमकर फुटबॉल खेली और गोल भी किए आपने कभी खेल मैदान में महिलाओं को साड़ी पहनकर फुटबॉल खेलते देखा है यकीनन आपका जवाब ना में होगा लेकिन ग्वालियर में ऐसा ही नजारा दिखा जहां गोल साड़ी नाम से महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें महिला खिलाड़ियों ने फुटबॉल में अपना हुनर दिखाया सबका एक ही टारगेट था बस गोल किसी तरह विरोधी टीम के पाले में जाकर गोल करना है MLB ग्राउंड पर हुए इस टूर्नामेंट में आज टीमों ने हिस्सा लिया महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में उतरी महिलाओं ने कहा कि नारी साड़ी में भी भारी है फाइनल मुकाबला टीम रेड और टीम ऑरेंज के बीच में खेला गया टीम रेड ने कैप्टन रेखा बाथम और टीम ऑरेंज ने कैप्टन तृप्ति भटनागर के नेतृत्व में जमकर अपना दम दिखाया दोनों टीमें आखिरी समय तक बिना गोल किए एक दूसरे पर अटैक कर रही थी लेकिन आखिरी समय में टीम ऑरेंज ने एक के बाद एक दो गोल दागकर ट्रॉफी अपने कब्जे में ले ली महिलाओं ने साड़ी पहनकर खूब दौड़ लगाई किसी ने फुटबॉल को जमकर किय किया, किया तो किसी ने गोल होने से बचाया फुटबॉल की इन लेडी प्लेयर्स में बीस साल की उम्र से लेकर सत्तर साल तक की खिलाड़ी शामिल थी